ओला ने S1 और S1 Pro के लॉन्च करने के एक साल के अंदर ही अब ओला S1 Air को भी लॉन्च कर दिया है और उनकी अगली लॉन्चिंग है Move OS 3। आपको ये बता दूं मैं ओला S1 वन एयर सिर्फ 99 नाइन की है और इसकी शुरुआती कीमत रही थी सेवेंटी फ़ाइव पर अब इसकी कीमत हो गई है एट्टी फाइव और ये 4.3 पॉइंट सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ सकता है और इसकी हाई स्पीड है 85 किलोमीटर पर आर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर साढ़े चार घंटे में चार्ज होता है और ये अपने एक चार्ज पर एक किलोमीटर तक चल सकता है और इसमें 34 लीटर के बूट स्पेस को भी बरकरार रखा गया है ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ दखल न्यूज पर